लोगों को मुझसे तकलीफ पता क्या है लोगों को लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मैं बदल गया मुझे लोगों से तकलीफ है वो बदल ही नहीं रहे हैं. लोगों को मुझसे तकलीफ है कि मुझे बदलने का अफसोस नहीं है मुझे लोगों से तकलीफ है उन्हें बदलने का कोई पछतावा ही नहीं है ना बदलने का वैसे कि वैसे जैसे दो हजार पांच छः में जी रहे थे वैसे ही जी रहे